बादल से गिरी बलजेडी साल चर गया स्यूल तीस भेड़ की खाल रान बीनू की हंसा जीवनी ओहल से बाकली सुकेती से बीनी ट्रिक्स के साथ YouTube चैनल GK Study Tricks में आपका स्वागत है हमारा आज का विषय है हिमाचल की नदियां पार्ट टू जी हम बात करते हैं हिमाचल की अगली महत्वपूर्ण नदी रावी रावी धौराधार श्रृंखला में स्थित बड़ा बंगाल नामक स्थान से निकलती हैं चार हजार मीटर स्थित हैं धौलाधार मध्य हिमालय में स्थित हैं है, भादल और तांतगिरी नामक दो महत्वपूर्ण हिमखंड है जहां से इस नदी का ओरिजन होता है ये देखिए बड़ा बंगाल कांगड़ा में स्थित हैं यहां से इसका ओरिजन होता है और यहां से ओरिजन के पश्चात ये भुजौल नामक स्थान में जैवु चंबा में प्रविष्ट होती है और चंबा में खेरी नामक स्थान के पश्चात जम्मू में प्रवेश करती है यहाँ पर पीर पंजाल और धौलाधार की जो श्रेणियाँ हैं एक तरफ पीर पंजाल है दूसरी तरफ धौलाधार हैं इनको अलग करने वाली नदी हैं रावी नदी आपको जानकारी पहले दी गई है कि बड़ा भंगाल नामक स्थान पर ही पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियाँ एक दूसरे को छूती हैं धौलाधार की जो उत्तरी चोटी हैं वो पीर पंजाल के दक्षिण भाग को छोती हैं कांगड़ा और चंबा से बहने वाली नदी है रावी नदी इसकी कुल विद्युत क्षमता दो मेगावाट है विद्युत क्षमता के हिसाब से रावी नदी चौथी बड़ी नदी है हिमाचल की चंबा रावी नदी के ताएं तट पर स्थित हैं और ये ट्रांस बॉर्डर जब वो रिवर हैं इसका वैदिक नाम परूशनी है संस्कृत नाम इरावती है रावी नदी सतलुज और चिनाव के मध्य बहने वाली नदी है इसका अफवा तंत्र चार वर्ग मील है और हिमालय में कुल इसकी लंबाई एक किलोमीटर है पंजाब में जो बहने वाली पांच नदियां हैं उनमें सबसे छोटी नदी रावी मानी जाती है यह हिमाचल की तीसरी बड़ी लंबी नदी है और जो इससे रावी घाटी का निर्माण होता है इस रावी घाटी को चंबा का बाग भी कहते हैं यूनानियों ने इसे हाइड्रेट्स कहा हैं और रावी शब्द की जो उत्पत्ति है वो रौद्री रौती इौती रावा शब्दों का वर्णित रूप है ऋग्वेद में वर्णित दशराज्ञ युद्ध जो है इसी नदी के तट पर हुआ था रावी की सहायक नदियाँ सबसे पहले कुगती दर्रे से भादल नदी निकलती है जो हरसर के समीप रावी से मिलती है मणिमहेश जलधारा उल्लांस के समीप रावी से मिलती हैं कालीचो दर्रे से तांतगिरी जो कि दूसरी बड़ी सहायक नदी हैं वो भी उल्लांस के समीप रावी से मिलती हैं आपकी जानकारी के लिए भादल और तांतगिरी दो हिमखंड हैं वहाँ से निकलने वाली जो ये धाराएँ हैं वही मिलकर के रावी नदी का निर्माण करती हैं ये भादल तांतगिरी यहाँ देखिए ये कांगड़ा के अंदर स्थित है इसके पश्चात बलजेदी चोरी नामक स्थान से निकलती हैं और सालखड़ साहू पर्वत से निकलता है और ये दोनों चंबा के समीप रावी नदी से मिलते हैं ये चंबा है यहाँ पर जो है ये दोनों मिलते हैं चंबा के समीप चंबा के अंदर ही चर्चिंद नाला है जो कि चंबा और भरमौर के मध्य में प्राकृतिक सीमा रेखा निर्धारित करता है और चर्चित नाला चतराड़ी के समीप रावी नदी से मिलता है सील रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चंबा तथा जम्मू के मध्य ये चंबा और जम्मू के मध्य जो है ये सील नदी है चंबा तथा जम्मू के मध्य में सीमा रेखा निर्धारित करती है भेलई के समीप तालरू नामक स्थान पर यह रावी नदी से मिलती है पांगी श्रृंखला से जो बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं रावी की सहायक नदियां हैं वो है अलवास भेरा तीसा चाँजू ये सभी पहले सियल में मिलती हैं और उसके पश्चात सीउल नदी जो है वो रावी नदी में मिलती है दागनी धार से निकलने वाला नाला जो है बरनोटा नाला है ये भी सील में ही मिलता है और चंबा के बाई ओर जो अंतिम सहायक नदी रावी की है वो सीओवा है यहाँ पर ये देखिए जो सीउल नदी है सीउल नदी के पहले ये उपनाले हैं जो मैंने आपको बताया ये उपनाले पहले सीउल नदी में मिलते हैं और उसके पश्चात सीउल नदी जो है वो रावी नदी में मिलती है अब ये जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ और नाले हैं उसको याद रखना सरल नहीं है एक बार फिर इसको देख लेते हैं बादल तांतगिरी ये कांगड़ा के अंदर है बलजेडी सालखड़, अलवास है वर्नोटा है सीवा है चांजू है चरचिंद है सियूल है तीसा है भेरा है ये सारे चंबा के अंदर है अब इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक मैंने शुरू में आपको बताई थी बादल से गिरी बलजेडी साल अलवर सी चाजू चर गया सीऊल तीस भेड़ की खाल अब यहाँ पर देखिए बादल का मतलब है बादल गिरी का मतलब है तांतगिरी बलजेडी और सालखट। अल का मतलब है अलवास वर का मतलब है वरनोटा सी का मतलब है सीवोआ चांदू पूरा शब्द ले लिया चर का मतलब है चरचिंद सील का मतलब है स्यूल और तीस का मतलब है तीसा भेड़ का मतलब है भेड़ा बादल से गिरी बलजेडी साल अलवर से चांजू चाँजू चरग्यास्यूल तीस भेड़ की खाल ये आपने याद रखना है हमारा अगला वक्तव्य होगा हिमाचल की नदियाँ भाग तीन डिटेल जानकारी के लिए ब्लॉग पोस्ट राइट स्टडीज गुरु डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट को भी आप क्लिक कर सकते हैं अपडेशन के लिए जी के स्टडी ट्रिक्स को फॉलो करें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू हमारा अगला वक्तव्य होगा हिमाचल की नदियाँ भाग तीन डिटेल जानकारी के लिए ब्लॉग पोस्ट राइट स्टडीज़ गुरु डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम को भी आप क्लिक कर सकते हैं अपडेशन के लिए जीके स्टडी ट्रिक्स को फॉलो करें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू